नहीं नहाएगा अरे नहाता क्यों नहीं है तू नहाता क्यों नहीं है नहाता क्यों नहीं है? है? नहाता क्यों नहीं तू नहाता क्यों नहीं है नहाया था ना माई पिछले साल बार बार काहे को ना सुन ले आखिरी बार बोल रहा हूँ पुष्पा को बोल कि वो नहा ले वरना मेरे कारखाने में अब से काम करने नहीं है अब तक छह लोग मेरे कारखाने के इसकी बदबू की वजह ऐसी मर चुके हैं सलाह आठ आठ महीनों तक तो कौन नहीं नहाता है देख तो कैसे ठूसने के लिए बत्तीसी साफ कर रहा है अरे बोल उसको कि कभी बदन भी साफ कर ले ऐसा मत करो पुष्पा के साथ आज उसने बोला है आज वो ना नहागा अरे क्या खाक न हालेगा कब से सुन रहा हूँ इसके मुंह से? ना जाने कितने महीनों से हर महीने इसको तनखा देते वक्त मैं तीन चार साबुन की कीमत जोड़ कर देता हूँ कहता हूँ जाकर नहा ले फिर भी आज तक कभी नहीं नहाया आज तक मैंने कोरोना की वजह ऐसी मास्क नहीं लगाया पर इसके जहरीली बदबू के कारण कारखाने में मुझे मास्क लगा के घूमना पड़ता है अरे मेरे तबेले का घोड़ा भी इतना खट्टा नहीं पाता है जितना खट्टा यह बांस मारता है दरअसल भैया इसके नहीं नहाने से घर में एक फायदा हो जाता है कि रात में मच्छर इसके बदबू के कारण बेहोश होकर मर जाते हैं पर इसने बोला है आज ये नहा लेगा नहीं नहाएगा ये मुझे पता है जाके पूछ क्या पुष्पा उनको बता नहाएगा ना बहुत ठंड है नहीं नहाएगा मैं। अरे कीटाणु हो जाएगा सड़ जाएगा नहा ले पुष्पा नहा भाव गाँव के लोग तेरे बदबू ऐसी परेशान हो रहे हैं नहीं अब ठंड के बाद ही नहाएगा माई मरने दे लोगो को बदबू ऐसी ठंडा बहुत ठंडा माए नहाएगा नहीं सलाह पुष्पा नाम सुन के खुशबू समझा गया बदबूदार है माये